भाई इस अगली में देखो। बेटे, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं पर माँ मेरी दीदी इंस्टेंट पैन चाहिए तो ये लो। ये साधारण क्रीम असर दिखाई पाँच दिनों में पर बात से पाइए बस एक सेकंड में उजरा गोरा रंग ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अगर पॉसिबल होता मैं अपनी आंखें ऐसे निकाल के साइड में रख देता हमने बहुत देखी है लेकिन एक की में लड़की देखो तुम वक्त बदल, बदल गया कुछ और ही बैठा दिया है वहाँ पे या उनकी क्वालिफिकेशन पूछो ना तो सामने से बोलेंगे हमें करो और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आई वही बनो और देश को संभालो